दोस्तों मोरा कैमबिट में आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं पार्ट थ्री गुजरि चेस जॉन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मैं लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूज बैक टू बैक कोई भी एक ओपनिंग की सीरीज इस बार अभी हमारी सीरीज चल रही है सीसिलियन डिफेंस अगेंस्ट मोरा कैम्बिट तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले वाले जो दो वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें आ, अर्ली E5 और अर्ली नाइट एफ सिक्स के बारे में बताया था और अर्ली एक्स एजिशन भी हमने देखा था बहुत सारे ट्रैप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी वन बाई वन तो एक भी वीडियो बीस मत करिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आज हम देखने वाले है मोरा गम्बिट में क्वीन सी सेवन वेरिएशन और जिसमें एक ऐसा वेरिएशन है जिसका नाम है साइबेरियन अटैक तो दोनों में आपको दिखा देना चाहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं ई फोर सी फाइव सीसीलियन डिफेंस सेकेंड मूव मोरा गंबिट के लिए डी फोर ऑलवेज c takes डी फोर Then c3. तो डेलप मतलब हो जाते हैं इसीलिए नाइट knight थ्री ब्लैक खेलेगा सिक्स ऑलवेज नाइट सी सिक्स के सामने आपको रिप्लाई देना है C4. अब यहाँ पे दोस्तों क्वींस सेवन ये वेरिएशन एक है क्वीन सी सेवन इसके बाद ब्लैक को जब हम व्हाइट से कैसलिंग करते हैं क्वीन सी सेवन अगेंस्ट तो ब्लैक को ए सिक्स खेलना जरूरी है अब क्यों जरूरी है ये हम इसी लाइन में देखेंगे और इसके बाद अगर ब्लैक ए सिक्स करके खेलता है तो भी क्या होने वाला है यह दिखाऊंगा आपको नाइट एफ इस लाइन में दोस्तों ब्लैक ने ए6 नहीं खेला है नाइट बी5 अलाउ किया है अब आपको कैसे अटैक करना है ध्यान से देखिए नाइट एफ6 के सामने नाइट बी5 नाइट बी5 क्वीन बी8 एट कंट्रोल करके रखता है ब्लैक क्वीन से यहाँ पे आपको कौन सेक्रीफाइस करना है ई5 फाइव देन नाइट एक्स ई फाइव क्वीन टेक्स ई फाइव रुक e1, वन रुक के बाद क्वीन b8. अब ये c7 कंट्रोल करने के लिए दो ही ऑप्शन है या तो फिर क्वीन c5 जाए या फिर क्वीन b8. एट क्वीन सी अगर जाता है तो यहां आपको पिशअप एप खेलना है ए सिक्स आपको यहां पे पीस मिलेगा पिशअ ई थ्री क्वीन सी सिक्स नाइट ए सेवन क्वीन सी सेवन रुक सी वन क्वीन डी एट एंड क्वीन c2. टू ऑफ्टर क्वीन सी टू वाइट विल विन बिशअप फ्री ओके अगर यहां पे वापस आते हैं हम कि अगर क्वीन बी जाता है तो क्या पोजिशन कर देखते ई फोर सी फाइव d4, फोर सी टेक्स डी फोर सी थ्री knight टेक्स सी थ्री नाइटे सी थ्री नाइट सी सिक्स नाइट एफ थ्री क्वीन सी सेवन सॉरी ई सिक्स विशअ सी फोर देन क्वीन हम कैसल करेंगे नाइट एफ सिक्स नाइट बी फाइव क्वीन बी इटेस कॉन नाइटिक्स नाइट क्वींटेक्स नाइट एंड रुक ई वन अब यहां पे दूसरा ऑप्शन है क्वीन B8. एट क्वीन बी ये बैड मूव है ब्लैक के लिए कैसे है यहां हम खेलेंगे क्वीन डी फोर डी सिक्स बिशअप और यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस फ्टर पॉन टेक्स रूक देन बिटेक्स ए फाइव और सिंपल आसानी से आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी तो यहाँ पे क्वीन ड्राइफ वाली लाइन थी अब देखते हैं साइबेरियन एटेक जो प्रॉपर खेलते हैं ब्लैक से ई फोर सी फाइव डी फोर सी डी फोर सी थ्री डी टेक्सी थ्री नाइटे थ्री एन सी सिक्स एन एफ सिक्स बिशप सी queen c7 short castle शॉर्ट कैसल black पर ब्लैक ने ए सिक्स पहले कर लिया है नाइट को अलाउ नहीं करता है ए सिक्स करने से व्हाइट को कोई परेशानी नहीं हो रही दोस्तों इसमें भी आपको ई करना है सॉरी इसमें पहले आपको कोई नहीं करना होगा इसमें पॉन सेक्रीफाइस नहीं है नाइट एफ सिक्स देन ई फाइव नाइट जी फोर अब पॉन पे वन टू थ्री अटैक आ गए हमारे दो तो सपोर्ट है यह आपको खेलना है बिशअप एफ सिक्स एफ फोर और उसके बाद एफ सिक्स यहाँ बहुत ही शानदार मूव नाइट ई फाइव देखो पॉन नाइट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉन टेक्स पौन और आपको क्वीन भी मिल रही है डिस्कवर चेक में तो यहां पे क्वीन डी क्वीन बी एट ऑनली मूव है इनटू टू एफ सिक्स ब्लैक खेलेगा बिशफ डी सिक्स क्योंकि डिस्कवर भी है क्वीन पे अटैक भी है यहां आप सिंपल बिशअेक्स डी सिक्स क्वीन टेक्स डी उसके बाद रूप ए डी फिर अगेन डिस्कवर चेक वापस क्वीन बी एट एफ क्रॉस जी सेवन रुक जी एट एच थ्री काउंटर अटैक बी फाइव सिंपल हटा देना है आपको नाइट जी ई फाइव इसमें नाइट टेक्स नाइट नाइट टेक्स नाइट उसके बाद क्वीन एच फाइव चेक नाइट ंग एफ सेवन नाइट क्रॉस जी एट किंग क्रॉस जी एट बहुत ही बढ़िया एंडिंग है इसमें क्वीन एच सिक्स आफ्टर क्वीन एफ फोर बिशपटेक्स ए सिक्स और ब्लैक रिजाइन क्योंकि अब कोई मुंह नहीं है आफ्टर डी टेक्स ए सिक्स एंड रूक चेक तो स्ट लिस्टम में मैंने एक ट्रिक बताई थी बहुत ही बढ़िया सी लाइन थी अटेकिंग लाइन थी उसकी मैं आज ही एक गेम खेल चुका हूँ ऑनलाइन तो पूरी गेम हम देखेंगे इसमें मैं वो आपको गेम दिखाना चाहता हूं ध्यान से देखिए बहुत मजा आएगा इसमें कितना अटैकिंग और सेक्रीफाइस मूव्स थे क्लासिकल गेम थी अभी रिसेंटली लास्ट में देखने को मिल जाएगी आपको ये तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट खेल रहा है फोर हमने डी फाइव किया बिश एप फोर ये लाइन इसके सारे वेरिएशन आपको मेरे आ, पुराने वीडियो में मिल जाएंगे जो चार पांच वीडियो या दस वीडियो से पहले मैंने रखा है अपलोड किया है सी फाइव इसकी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी ई थ्री नाइन थ्री सिक्स सी थ्री Context को, context को. आपको लगता होगा ये रिस्क की लाइन है लेकिन मेरे लिए जरा भी रिस्क नहीं है क्योंकि बिल्कुल डिफेंसिव और यानी थोड़ी सी गलत होती है ई फाइव की थ्रेड बी फाइव उसने किया मेरी नेक्स्ट थ्रेड थी ई फाइव करने नहीं दे रहा इसलिए डिफेंस और उसके बाद आइडिया है जी फाइव देन अगर क्वीन एच फाइव आता है तो बिशप जे सिक्स हो सकता है इसलिए तो यहाँ पे knight f3 g5 जी g3 h4 जी थ्री एच फोर अब एच फोर की थ्रेट है नेक्स्ट मो में बिशप ट्रैप हो रहा है तो एच फाइव ये एच फोर थोड़ी वीक है इसमें एच थ्री ज्यादा कम्फर्टेबल होता है वाइट के लिए लेकिन एच इसमें जी आ जाता है तो फोर के बाद नाइट बी डी नाइट एफ डी टू बी सब जी फिर ई फाइव की थ्रेट ई फाइव की थ्रेट रोकने के लिए वाइट ने क्वीन ई टू किया नाइट एच सिक्स उसके बाद कैसलिंग क्वीन डी सेवन आईडिया यहां पे हम लॉन्ग कैसल कर सकते हैं लेकिन वाइट ने नाइट बी थ्री करके मुझे परेशान किया था थोड़ा कि नाइट सी की थ्रेट लेकिन मैंने सिंपल लॉन्ग कैसल का प्लान एवॉड करके बेसिक्स कर दिया नाइट को मैं अलाउ नहीं करूंगा यहाँ पे व्हाइट ने एस फोर और व्हाइट का नेक्स्ट प्लानिंग है ए फाइव करके पॉन ब्रेक करके वहां पे नाइट ए फाइव सेट करना है उसे सिंपल लॉन्ग शॉर्ट कैसल कर दिया और एक पॉन सेक्रीफाइस किया यहाँ पे मैंने पॉन जो इस पे है अब दोस्तों पॉन मारना सेवन्थ रैंक का लेकिन क्वीन से मारना और इस पोजीशन में मारना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ऐसा ही हुआ उसने बिशप टेक्स नाइट किया टेक्स बिशप उसके बाद क्वीन डी सेवन यहाँ पे मैंने सोचा कि क्वीन अंदर तो आ गई उसे हम ट्रैप में लेते हैं ट्रैप कैसे करेंगे तो सबसे पहले रूप ए वाला एट पे और उसने क्वींटेक्स ए सेवन मार दिया अब पूरी गेम मेरे हाथ में आ रही है पूरी गेम सबसे पहले बिशअप डी तो डार्क जो भी लाइट स्क्वायर क्वीन का बचने का जो मूव है वो हमने स्टॉप कर दिया रूप पे अटैक करके रुक सीवन और यहाँ पे रुक एक्टू यहाँ पे वाइट ने सेक्रीफाइस किया नाइट क्योंकि अब क्वीन के पास कोई जगह ही नहीं है आप देख सकते हो कि पूरी रैंक में रुक का अटैक है यहाँ पे विशप ने कंट्रोल किया है और यहाँ पे ये यह पौन बैठा है तो क्वीन ट्रैप हो चुकी है लेकिन ट्रैप से बचने के लिए उसने फीस को वापस देना चाह नाइट ए और उसे लगा कि उसे तीन पॉन मिल रहे ऑलरेडी वो पहले एक पॉन मार चुका है और ये दूसरा पॉन भी मिलेगा लेकिन फिर भी क्वीन तो ट्राइफी होने वाली है कैसे हो रही है देख सकते हैं नाइट और अब क्वीन का जो ओनली होप है यहां से भागने का ये एक्सचेंज करने का उसे बंद करने के लिए बिशअप एफ आफ्टर बिशअप एफेट वाइट ने ट्राई किया है क्वीन को सेव करने का लेकिन कोई आशा नहीं है रुक ए एट के बाद में यहाँ पे वाइट क्विंटेक्स रुक क्विंटेक्स अब सिंपल ब्लैक बहुत ही प्लस है गेम में और मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई गेम करना चालू कर दिया जैसे कि नाइट एफ फाइव नाइट बी थ्री नाइट इंटू बिशफ उसके बाद बिशअ एच सिक्स रुक डी वन नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर रुक डी आता है यहाँ पे तो आप यहाँ से सिंपल पीस प्लस हो हो सकते हो। तो पॉसिबल नहीं इसलिए रुक E1 उसने खेला है हमने रिप्लाई दिया C2, नाइट C5. अब यहां पे D2, बहुत ही जान बुझ के दोनों बिशफ को एक लाइन में करके रुक से अटैक करने का उसे मौका दे रहे क्योंकि मुझे पता है काउंटर में बिशफे सी थ्री और रुख भी अटैक में है यहाँ पे ब्लैक व्हाइट ने रिजाइन कर दिया तो दोस्तों एक गेम काफी अच्छी है हाउ टू प्ले अगेंस्ट लंडन सिस्टम आप इसी प्रकार बहुत सारी गेम्स इसमें जीत सकते हो लंडन सिस्टम के सामने बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था कि लंडन सिस्टम के सामने व्हाइट ब्लैक से हम कैसे रिप्लाई दें क्योंकि हर एक गेम में व्हाइट का ही प्रेशर ज्यादा रहता है तो इसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बना के आप आसानी से गेम खेल सकते हो कुछ होने वाला नहीं है आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है एप सिक्स करके मैंने बहुत सारी गेम खेल ली है और बहुत सारी गेम्स में, में सक्सेस भी हो चुका हूँ कई गेम में पीस मिलता है कई गेम में क्वीन मिलती है कई गेम में कॉन प्लस हो जाते हैं कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर व्हाइट की फेवर में होता ही नहीं है तो दोस्तों मेरे नए वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही और मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जो मोरा गैम्बेट के बारे में मेरा लास्ट वीडियो होगा उसके बाद हम नई ओपनिंग की शुरुआत करेंगे तो मोरा गेमबेट में एक गेम और एन जी सेवन वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा एन जी सेवन बहुत ही खतरनाक वेरिएशन है व्हाइट से आप देख के खुश हो जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो शेयर भी करो लाइक भी करो धन्यवाद जल्द ही मिलेंगे जय हिंद जय गुजरात